एक एक लिमिट होती है एक सीमा होती है कोई आदमी कितने सामान इस्तेमाल करे कितने सामान खरीदे एक आदमी एक दिन में दो जोड़ी कपड़े पहन सकता है सौ जोड़ी तो नहीं पहन सकता एक आदमी एक दिन में दो तीन बार पेस्ट कर सकता है पचास बार तो नहीं कर सकता एक आदमी एक दिन में दो तीन जोड़े जूते के पहन के बदल सकता है सौ दो जोड़े तो नहीं कर सकता एक आदमी एक दिन में एक ही बिस्तर पे तो सो सकता है दो पांच बिस्तर पे तो नहीं सो सकता ऐसा तो नहीं होता कि हाथ एक बिस्तर पे दूसरा हाथ दूसरे बिस्तर पे और एक आदमी एक बार में एक ही कार इस्तेमाल कर सकता है दस बीस कारें भी इस्तेमाल नहीं कर सकता एक बार में एक ही टेलीविजन देख सकता है पंद्रह बीस टेलीविजन भी नहीं देख सकता तो उनके यहां क्या हुआ है उपभोग की अंतिम सीमा आ गई है इससे ज्यादा भोग करना उनके लिए संभव नहीं है इससे ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करना उनके लिए संभव नहीं है अब जब भोग की सीमा आती है तो सामान बिकने की दर कम हो जाती है तो अब अमरीकी लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया है और उस तरह की क्रेज जो उनको कभी होती थी 20 साल पहले वो अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है तो बाजार में सामान कम बिक रहा है तो कंपनियां बंद हो रही हैं बेरोजगारी बढ़ रही है और उससे उनकी चिंता बहुत ज्यादा है और उनकी चिंता इस बात से भी बहुत ज्यादा है कि दुनिया में कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत दे दिए एक अर्थशास्त्री हो गए एडम स्मिथ जिन्होंने विकास की परिभाषा ही ऐसी तय कर दी रॉबिन्सन हो गए फिर और तमाम हो गए इन सब अर्थशास्त्रियों ने कुल मिलाकर जो विकास की परिभाषा तय की वो ये थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपभोग करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूम करो आपके कंजम्पन का पैटर्न जितना बढ़ता चला जाएगा आपके भोग करने की दर जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने ही आप विकसित होते चले जाएंगे तो विकास की उन्होंने एक परिभाषा दे दी दुर्भाग्य से ये अमेरिका और यूरोप वाले देश सब उसी में फंस गए कि ज्यादा से ज्यादा भोग करना है ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना है तो उत्पादन भी ज्यादा से ज्यादा करना है तो भोग करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तो विकास उसी से होगा तो बहुत सारी चीजें फिर उसके हिसाब से उन्होंने तय करना शुरू किया जबकि मानव की स्वाभाविक प्रकृति त्याग करने की होती है वो चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का कुछ देर के लिए आप उसको जबरदस्ती भोग कराने में डाल सकते हैं लेकिन अगर आप उसकी नेचुरल टेंडेंसी के बारे में समझने की कोशिश करें नेचुरल इंस्टिंक्ट के बारे में समझने की कोशिश करें तो वो त्याग करने की ही होती है इसलिए भारत के मनीषियों में और अमरीकी अर्थशास्त्रियों में बड़ा भारी फर्क रहा यहां के मनीषियों ने विकास की एक ऐसी कल्पना की जिसमें आपसे कहा गया तेन त्यक्ते नुंजी था ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत तेन त्यक्न भुंजी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिलॉसफी है तेन त्यक्न बुंजी था त्याग पूर्वक भोग त्याग भी नहीं भोग भी नहीं त्याग पूर्वक भोग तो आप मनुष्य हैं मानस हैं और अगर आप त्याग में निकल गए तो आप फिर ईश्वर हैं किसी भी समाज में त्याग करने वालों को ईश्वर मान लिया गया वो भारत में ही मिलेगा आपको उदाहरण के लिए भगवान राम महल में रहते हैं दशरथ के बेटे हैं राजकुमार हैं तब तक उनको कोई नहीं पूजता जब महल छोड़ दिया राजकुमारी छोड़ दी सब कुछ ऐशो आराम छोड़ दिया और 14 साल तपस्या करने के लिए चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं न राजकुमार राम की पूजा तो कोई नहीं करता इस देश में या महात्मा बुद्ध जब अपने ऐशो आराम छोड़कर साधना के पथ पर निकले उन्हीं गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है ना उसके पहले वाले की तो कोई नहीं करता या महावीर स्वामी सब कुछ छोड़ा ऐशो आराम छोड़ा महल छोड़ा सब कुछ छोड़ दिया साधना की तो तीर्थांकर हो गए ईश्वर मान लिए गए माने हिंदुस्तान में जो जितना ज्यादा त्याग करे वो उतना ही ऊंचा माने जो जितना त्याग करे वो उतना ही विकसित और विकास के उस चरम पर कि हम सब उसके सामने झुकना शुरू कर दें हमारे देश में आप और हम सब साधु संतों के सामने झुकते हैं तो उनके त्याग के कारण भोग में नहीं झुकता कोई भी आदमी तो भोग में झुकने का संभव भी नहीं है तो यहां तो त्याग आधारित विकास रहा और वहां तो भोग आधारित विकास रहा त्याग आधारित विकास लंबे समय तक चलता है 2000 साल चलेगा 5000 साल चलेगा 10000 साल चलेगा 25000 साल भी चल सकता है एक आध लाख वर्ष तक भी चल सकता है क्योंकि सस्टेनेबल होता है भोग आधारित विकास तो 50 साल में ही खड्डे में पहुंच जाता है क्योंकि लगातार भोग करते करते आदमी एक ऐसी सीमा पर पहुंचता है कि वहां फिर पशु में और उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता और फिर उसके जीवन का वो आखिरी हिस्सा होता है और हम त्यागमय हैं ये प्रकृति भी है हमारी जैसे मैं कभी किसी आदमी से कहता हूं कुछ लोग जो अमेरिकन हो गए हैं बहुत दिमाग से वेस्टर्न हो गए मेरे बहुत दोस्त हैं मेरे साथ पढ़ते थे दिमाग से अमेरिकन हो गए शरीर से हिंदुस्तानी देखते हैं मुझसे अक्सर बहस करते हैं कहते हैं, क्या फालतू तो की बात करते हो क्योंकि उन्होंने कीन्स पढ़ा है एडम स्मिथ पढ़ा रॉबिंसन को पढ़ा है मैंने तेन तक तेन भुंजी था पढ़ा तो मैं कहता हूं भाई कि त्याग आधारित ही विकास दुनिया में चल सकता है वो ही सस्टेनेबल हो सकता है वो कहते हैं कि तब फिर डेवलपमेंट कैसे होगा मैंने कहा डेवलपमेंट भी उसी में होगा उसी के आधार पर होगा कहने लगा नहीं नहीं तुम्हारी बात फालतू की है तो मेरा एक दोस्त है आजकल मैसा चुसेट में है एक बार मेरी उससे लंबी बहस हो गई तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि अपने जीवन में तुम सिर्फ भोग ही भोग करते रहो त्याग नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे कहने लगा वो कैसे मैंने कहा यह बताओ सवेरे सवेरे तुम टॉयलेट क्या करने जाते हो त्याग करने जाते हो भूख करने जाते हो एग्जाम्पल मैंने बहुत क्रूड चुना ताकि आपको समझ में जल्दी आए और मान लीजिए हम रात को सोए और सवेरे उठ के हमने तय किया कि हम कुछ भी त्याग नहीं करेंगे तो आप बताइए आप दो दिन जिंदा रहेंगे कि तीन दिन मान्य त्याग से ही चलता है आदमी और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इसमें सोचना नहीं पड़ता और जो स्वाभाविक प्रक्रिया के आधार पर आपको अगर पद्धति बनाए या विकास की दर तय करें या विकास के मानक तय करें वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है तो यह भारतीय समाज में टने की व्यवस्था बहुत सनातन है क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है अमेरिकी समाज अब स्टेग्नेट कर रहा है मार्केट भी स्टेग्नेट कर रहा है उनका अब भोग की गुंजाइश नहीं रही है उनको तो माल बिकता नहीं है उसी माल को उन्हें बिकवाना है या तो चीन में या तो भारत में या तो इंडोनेशिया में या तो मलेशिया में या तो साउथ कोरिया में या तो कहीं और देशों में तो उन्होंने एक नए तरह का कॉलोनाइजेशन शुरू किया है और उस कॉलोनाइजेशन का प्रतीक है अमेरिका की ये जो चीजें चल रही है उनके ये जो रिएक्शंस हैं ये उस कॉलोनाइजेशन के प्रतीक है तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो व्यवस्था पर चलने का सोचा है अगर हम पहले से उसके बारे में नाकेबंदी नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है नुकसान फिर खा जाए क्योंकि हम तो बहुत नुकसान खा चुके हैं पिछले डेढ़ दो साल से इस तरह की व्यवस्थाओं में फंस